श्री खट्टु श्याम होली महोत्सव वीडियो श्री खट्टु श्याम होली महोत्सव मेला चल रहा है बहुत भीड़ है बहुत एंजॉय है बहुत मज़ा आ रहा है ये मेला चार मार्च तक चलेगा 25 फरवरी से शुरू हुआ है और बहुत ही भीड़ है बहुत लोग झंडे ले लेकर मेले में जा रहे हैं और पदयात्राएं कर रहे हैं काफ़ी दूर दूर से रास्तों में भी का, काफ़ी कई जगह कैंप लगे हुए हैं यात्री हैं जो श्रद्धालु हैं उनके लिए और काफ़ी एंजॉय काफ़ी फ़न किया मैंने वहां जाकर बहुत मज़ा आया आज बहुत ही भीड़ है मंदिर पे होली के मुख्य द्वार श्री खाटू श्याम मंदिर का देखिए जूम करके मैं आपको वीडियो के तो माध्यम से दिखा रहा हूं और यहां से करीब करीब आ, दो किलोमीटर दूर यहां से जो मेन मंदिर है खाटू श्याम जी का वो है और देखिए कितना बढ़िया कितना अच्छा नज़ारा है कितना खूबसूरत लोग ढोल नगाड़ों के साथ खूब मस्ती करते हुए खूब पदयात्री जा रहे हैं खूब जयकारे लगाते हुए खूब झूमते हुए अलग ही तरह का यहाँ पर एक सुकून मिलता है एक एक अलग तरह का इंजॉयमेंट आपको करने को मिलेगा काफ़ी भीड़ बहुत क्राउड था मतलब इतना क्राउड था कि मैं आपको क्या बताऊं और ये चूंकि होली महोत्सव तो चल रहा है उसके चक्कर में इतना भीड़ था अमूमन दिन पे उतना भीड़ नहीं रहता है नॉर्मल डे में आप जाइएगा तो कोई इशू नहीं है होली के बाद जाइए कोई इशू नहीं है वहाँ पर आराम से आप दर्शन भी कर सकते हैं और अभी क्या है दर्शन वर्शन करने भी बहुत भीड़ थी काफ़ी लोग डांस वांस करते हुए एंजॉय करते हुए बहुत लोग इन्जॉय किए मतलब क्या होता है बहुत काफ़ी इन्वॉयमेंट चल रहा था काफ़ी मज़े मस्ती में लोग लाल आदि की फिल्म लगा रहे थे और काफ़ी एंजॉय कर रहे थे कितना सुंदर कितना भव्य गेट बना हुआ है आप लोगों ने पीछे भी ब्लॉग में देखा ही हो कहीं कहीं लेकिन अगर नहीं देखा है तो देखिए आप अपने वीडियो बंद ऐसा वीडियो टू वैसे नजारा आपने कभी नहीं देखा हुआ श्री भाड़ू श्याम मंदिर राजस्थान में है और काफ़ी मैं 325 किलोमीटर बाइक से ट्रेवल करके दर्शन करने गया था और काफ़ी अच्छा दिन रहा मेरा काफ़ी मज़ा आया और देखिए कुछ लोग इतना मस्त डांस करते हुए झूमते हुए लोग जाकर आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की और काफ़ी रंग खेलते हुए लोग नज़र तो आ रहे हैं भीड़ भड़क में डांस वांस लमरू सब बज रहे थे खूब महिलाएं भी पूरा अपना डांस वांस मस्ती एन्जॉयमेंट कर रही थी मैंने वीडियो में ओरिजिनल हुआ इसलिए रखा है ताकि आपको उसे देखकर थोड़ा सा सुनकर जोश आए शरीर के अंदर क्या होता है कि जब आदमी को उत्साह आता है एनर्जी आती है मज़ा आता है इन्जॉयमेंट होता है आदमी ऐसे जगह पे जाता है तो और काफ़ी लोग अपना फ़ोटो खींचने का प्रक्रिया चलता रहता है हमेशा ये सब ये देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए